अरमान मलिक यूट्यूबर अरमान मलिक की दोनों बीवियाँ एक साथ हुई प्रेग्नेंट। बड़ा मजाक मजे तो तुम्हारे ही हैं यूट्यूबर अरमान मलिक का नाम देश के सबसे फेमस यूट्यूबर में से एक है फेमस यूट्यूबर को हाल ही में एक पोस्ट के लिए पूरी तरह से ट्रोल किया गया मलिक ने अपने फ्रेंड्स के साथ खुशखबरी शेयर की उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका के प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया अरमान मलिक पर तरह तरह की बातें बना रहे लोग अरमान मलिक की बीवियां भी हो रही ट्रोल हैदराबाद के मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है अच्छा क्या आप सोच रहे हैं कि क्यों यूट्यूबर की दो पत्नियां और दोनों ही एक साथ प्रेग्नेंट डेढ़ मिलियन फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर ने अपनी पत्नियाँ पायल और कृतिका की प्रेगनेंसी की घोषणा करी टैके टैके सोशल मीडिया का सहारा लिया मलिक इंस्टाग्राम पर पत्नियों की तस्वीरों को खुशखबरी देकर दोनों पत्नियों की तस्वीरें खिंचवाते हुए मलिक की तस्वीरों पे चिढ़ गए लोग उन्होंने यूट्यूबर अरमान मलिक और उनके परिवार को बेरहमी से ट्रोल करना शुरू कर दिया यूट्यूबर का उड़ा मजाक कई लोग यूट्यूबर अरमान मलिक का मजाक उड़ाया दूसरी पत्नी पहली पत्नी को पसंद तीन च, तीन दोस्तों एक ही लोग ने कहा मुझे तो तुम्हारे ही हैं यूटूबर ब्लॉगर अरमान मलिक से नफरत का सामना करना पड़ा लोगों को एक यूजर ने लिखा आप हमेशा कृतिका को ज्यादा और पायल को कम प्यार करते हैं ये साफ दिखता है एक यूजर ने लिखा आप हमेशा कृतिका के साथ ही फोटो खिंचवाते हैं पायल के साथ क्यों नहीं खिंचवाते एक ने लिखा लोग आप खुद पढ़ सकते हैं क्या लोगों ने बहुत गलत गलत कमेंट भी कर तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग लव यू